हेलो फ्रेंड्स फेपरी तैयार स्वागत है तब को सांता प्यारो यूट्यूब चैनल में है आजदिखि मैदी प्रहारी को भर्ना करने कार्य शुरू भई सकता है हैदी प्राणी में भर्ना को इसको फर्म भरने लास्ट डेट कम रहेस को साथ साथ ही फर्म कह भरने रहा कसरी भर्ने ते साथ फिजिकल ट्रेनिंग में है फिजिकल टेस्ट में है कुन कुन टेस्टर हो के चाहिए तो सब कु बारे में जानेसौ तो उमेर कति चाहिए योग्यता कति चाहिए साथ साथ ही कुन डकुमेंट अपलोड करे साथविधा के अथे हमीम कति पैसा दि अभी कई पैसा उसे खाना हर में काटने सा, साथ साथ कती संख्या में मांग सब कुरा बारे में डिटेल में जानक को आम भिडियो स्टाट करबसम को चैनल नया चैनल सब्सक्राइब कर बेलेकन में क्लिक अल में क्लिक कर दूँ ये इन्फर्मेटिव भिडियो पाने को आने भिडियो स्टाट कर अब हमी ये आदि प्रहरी को भर्ना संबंधी सूचना रहकर छाइन म्यादी प्रहरी को भर्ना को जो सूचना नि सूचना में आई सकता छो रूचना में अब के लिखे सब कुछ मैं डिटेल में भन्न जुना इसमें के लिए स्थानीय निर्वाचन दु हजार उन्हत्तर को लगी म्यादी प्री भर्ना पाया दमोजिम को योग्यता पुगे नागरिक स्वयं उपस्थित भाई दरखास्त अहन करी नागरिक भरना सकूँ है नागरिकता उन्नतर को जनगणना का है कुम पद को लगी तो म्यादी प्रहरी कोई नाग संख्या क्या रखा एक लाख रहेक पैला तीडियो में अं के, के नेट हूं कि एक लाख तीस हजार बंद थी तरह कैं संख्या में रहे लाख मत ही रहेन तेजी इसको दरखास्त दिख्ती है दरखास्त दिख्ती कहीं रहे दुई हजार अठहत्तर बारहवा महीना छ गते लीए दुई हजार अठहत्तर बारहवा महीना एगारह गते समय रहेन अभी समय कति बजेदी बिहान दस बजेदि लत्रह बजेसम रहता है ये टाइम चेंज कर दरखास्त दंतिम मिट्तीयर कियर कर बाहवा महीना एगार गतिसम रहते महीना छतेंदि लीएर बारहवा महीना एगारह गतेसम रहे अति दस बजेदी लीएर सत्रह बजे सम्म दिना विदा को दिन होने तो दिन फर्म भरना सकून तब ते साथ दरखास्त कुने असरी देश को बारे में है दरखास्त हरम फार्म पाना रुझाने स्थान कह कह बुझान सकूँ महानगरीय प्रहरी परिसर काठम्डू भक्तुरपुर रि प्रहरी कार्यालय स सब बटना तब तो जिला प्रहरी कार्यालय जहाँ रह भर्ना सकूल अ बाकी तीनवटा सदै का काठमंडू भक्तुरपुर अस को साथ साथ ही बाकी अरुण जिला प्रहरी कार्यालय भर्ना सकूँ अब इसको आवश्यक न्यूनतम योग्यता और प्राथमिकता कोई उमेर को आवश्यक न्यूनतम योग्यता को मधी प्रणाली में भर्ना होना को बड़ी प्राथमिकता दिखा बारे में जानको उमेहद कोई दरखास्त फर्म दर्ता करने अंतिम मितिसम अठारह वर्ष पूरा भाई चौवन वर्ष ननागे होने पेन दरखास्त दिने दंतिम मीतीसम कई अठारह वर्ष ननागे अभी चौवन वर्ष ननागे हुआ अठारह वर्ष पूरा भाई चौवन वर्ष ननागे होते इस आवश्यक योग्यता क्याी नाग नागरिक होने पर्णपी नागरिक होने पर्ची ते के साथ साथ ही कूटनैतिक पतनदि फौजदारी अभियोग में कसुरदार नथहि को कसुरदार नथहिग साथ राजनीतिक दल को सदस्य न रहकर कुने राजनैतिक कोई पार्टी को सदस्य नुन पे साथ साथ ही शारीरिक तथा मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहता तभी को फिजिकल टेस्ट राय साथ ही साधारण लेखपट कर जान्ने को हो तधारण लेखपढ़ करना जानक हो प्रहरी नियमवाले दु हजार को संशोधन सहित अनुसूची तीन पराकरण तीन को उल्लेखित छेखित बमोजिम होने अब ते साथ ही कस प्राथमिकता दिशा आदि प्रहरी में सुरक्षा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल ने दु हजार अठहत्तर तो साल अन्य गत विभिन्न पद में भर्ना का आवेदन दी शारीरिक तंदुरुस्ती रथ्य परीक्षा में उत्तीर्ण प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र को प्रतिलिपि पेश करने व्यक्ति एटा भैके भर्खर श्रावण में है ज जिस फर्म भरने भाथनी प्री को वहां इस फर्म भरने भाई यदि परवेश परीक्षा पास करू वहाँ बढ़ी प्राथमिकता दी वहाँ डाभावना बढ़ी नहीं सेना नेपाल प्रशस्त्र प्रहरी बल का कार्यरत रही निवृत्ति भरण वा उपादन प्राप्त पूर्व सुरक्षाकर्मी तथा तो पूर्व वन रक्षक तब तो रिटायर भाग मं इसम फर्म भरना सकूद वहाँ अवश्य नहींन रिटायर भाग व्यक्ति अवश्य नहीं को साथ ही विदेशी मित्र राष्ट्र का सुरक्षा निकामी सेवानिवृत नेपाली नागरिक विदेशी राष्ट्र का सुरक्षा नि काम करने व्यक्ति देश के साथ साथ ही विगत निर्वाचन का म्यादी प्री के रूप में भरना भाई सन्तोषजनक कार्य कर का तो पैला प्याधी परा प्री में काम करें वहाँ बड़ी प्राथमिकता दिने अब ते साथ अब इसको, साथ इसको संपर्क मीति कहीं अभी छनौट विधि के इसको संपर्क मिति दुई हजार अठहत्तर बाहवा महीना तेरह गते रहे अन स्थान में आवेदन दर्ता करबंधित प्रहार प्रहारी कार्यालय में तब जहाँ फर्म भरने जो प्रहरी कार्यालय आपको जिला को प्रहरी कार्यालय ती तक संपर्क स्थान होने कति बजेदी तो बिहान दस बजे देखिए अब छनौट विधि इसमें कुन को विधि छनौट होता तो छनौट विधि कोई मिति दुई हजार अठहत्तर बाहवा महीना गते हो इसको छनौट मिट्टी है अस को साथ ही अंतिम नती अंतिम नतीजा को प्रकाशन मिट्टी कहिले दुई हज़ार अठहत्तर बारहमा महीना बाइस गते इसको नतीजा प्रकाशन होता इसको प्रशिक्षण शुरू होने मिट्ति कहिले दुई हजार अठहत्तर बारहमा महीना अट्ठाइस गति देखि प्रशिक्षण स्टार्ट होता है अब तेज म्यादी प्रहरी को कार्यविधि तथा कति पैसा दे दुन सेवा सुविधा दें ते प्रहरी को कार्यवधि कति दिन को इसको कार्य अवधि रहने चालीस दिन को तो होने अब सेवा सुविधा कति के सेवा सुविधा होने म्यादी प्रहरी में काम करने म्यादी प्रहरी का लगी प्री जवान सरह आधारभूत तलब मासिक बाईस अभी बढ़ी में चालीस दिनसम को बैंक खाता में रकम जमा करी जमा तलब तीस हज़ार दु चालीस खान बापत प्रति व्यक्ति एकमुस सात हज़ार दु सौ रोशाक तथा अन्न साम खरीद करने प्रति व्यक्ति छ हज़ार का दरले उपलब्ध कराइने ये पैसा तब को काटने ये दिन तेज साथ ते निर्वाचन को क्रम में खट्ने म्यादी प्रहरी खटिग ठाव में आउन रूप प्रति म्यादी प्रहरी एक पटक को लगी रु एक हजार का दरले तैयारी खर्च उपलब्ध कराइने एक हजार का दरले खटना को उपलब्ध कराने तेस को साथ ही बीमा लगाया अगर सुविधा नेपाल सरकार ने टोकम बोज को निम अनुसार होने होना अब यह सब तब फर्म भरने भाव अब ते साथ ही तिजिकल टेस्ट में है फिजिकल टेस्ट में छाती हाइट वेट कति होगी है अब यहाँ मूँ तब फर्म भरना कोई नाइना वेट छाती उचाई चल कति कह पुरुष कक्ष में है उचाई घाटी में फिट घाटी म पच फिट तौल कति केजी पचास केजी र छाती एकतीस देखि तेतीस इंचसम होने पे मैला पख में है चार फिट उ दस इंच उचाई होने पर्ने अस को साथ साथ ही तौल कमती बयालीस केजी होने यो फिजिकलरम ये होता तौल हाइट वेट अस को साथ साथ शा, शारीरिक तंदुरुस्ती में है तो हाई लंप जम जं, जम्प लंग साथ साथ ही शारीरिक तंदुरुस्ती परीक्षा में के, के होता एक मि, किमीटर को डर हो जो चाह कने हो पुरुष को हक में है पांच मिनट भंडा पची आई अनुतीन पांच मिनट भाई पैला ना एक मीटर को ड एक किमीटर को डर तुरा कर महिला को हक में सात मिनटभंदा पैला नहीं उतीर्ण कर अयो उमे रहता है अठारह वर्ष देखि उनचालीस वर्षम जिसको उमे ये होने अभी तेज के साथ साथ ही चालीस वर्ष देखि चौवन वर्षसम को उम्र को मंहर को लगी पुरुष में है दस मिनटभंदा अगड़ी नहीं उत्तीर्ण करोमीटर को डर अभी तस्ते महिला मिनट म... भा कम कति एक किलोमीटर को डर उत्तीर्ण कर साथ साथ ही सीटअप कर्न पीना अठारह वर्ष देखि उन्चाली वर्ष को उमेर को हक में कुरा है सीटअप चाहिए तैयार दस पटक गुर्स है सीटअप दस पटक कर महिला को हक में पांच पटक अस्ते पुषअप कोई न कर्षि अठारह वर्ष देखि उन्चाली वर्ष को पुषअप कोई नुरुष के हक में दस पटक अक हकमा पांच पटक तेज चालीस वर्ष के लिए चौवन वर्ष को मनो को हक में कुरा सीटअप पांच पटक रही हक में चार पटक तीन पुरुष को हक में योग पुषअप भी चालीस वर्ष के लिए चौवन वर्ष को उम्र में पांच पटक होने पुषप रही महिला को हक में चार पटक होने योग सीटअप रुषअप को लगी रहना को लिखित इक्जाम को बारे में आज कहीं भरदी भू त तेसो लिखित परीक्षा है लिखित परीक्षा संचालन को लगी छनौट तथा नियुक्ति समिति द्वारा संचालन परीक्षा संचालन मिति गठन करी लिखित परीक्षा लिंक होना अस को साथ साथ लिखित परीक्षा में वस्तुगत प्रश्न सोने वस्तुगत प्रश्न सोच के साथ साथ प्रश्न छनौट तथा नियुक्ति समिति द्वारा निर्धारण करे बोमोजिम होनीक साथ ही मेदी प्रहरी को लगी तैयार पाठ्यक्रम भि प्रश्न पत्र निर्माण एवं छनौट करी परीक्षा लिखने सहमा परीक्षा होता है असके साथ साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण में के भूचोटि अब स्वास्थ्य परीक्षण में है सामने स्वास्थ्य चेक जांच करने व्यवस्था करने मूटू को ढड़कन ब्लड प्रेसर तथा अन्न सामान शारीरिक परीक्षण होता ये स्वास्थ्य परीक्षण में हो साथ ही अंतर्वाता में है अंतर्वा में क्यों सब जानी राख नाम होना अंतर्वाता परीक्षा में है समिति में रहकर सदस्य को स्थानीय तह को निर्वाचन संबंधी विषय विषय वस्तु का साथ ही अन्य ज्ञान संबंधी अंतर्वाता परीक्षा लिने तेसाथ पूर्ण बीस मक में उत्तीर्ण बीस मक्स होने जिसमें आठ मक्स उत्तीर्ण होने आज को इस भिडियो में ये किनी रहे थैंक्स फर वाचिंग दिस भिडियो